ये थ्री पॉइंटर है। स्विश। मैं एक जंप शॉट मारूंगा अच्छा शॉट था आ, मैं तुम्हें देना चाहता था फिर कोशिश करो देखो ड्रैगन्स हमें बुला रहे हैं गेम खत्म बिल्कुल समय पर आए हो कि, किसके लिए ये केटदल के भाई तक पहुंचाने में हमारी मदद के लिए बस तो के उस पार बहुत दूर रहता है वाओ, असली जंपिंग जो जंप करते हैं कैसे हो तुम मैक्स सोरे में मेरी मदद करने के लिए तुम सबका शुक्रिया मैंने अपने भाई फर्नांडो से वादा किया था कि आज मैं उसके जंपिंग बीन्स लौटा दूंगा पर मैं हमारे बड़े मेले के लिए खाना बना रहा हूँ इसलिए खुद नहीं जा सकता यामी यामी, यामी। हाँ करते हैं तुम जो भी करो जंपिंग बीन्स को उनके पिंजरे से बाहर मत निकलने देना वो क्यों क्या तुम जानते हो कि इन जंपिंग बीन्स को सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है जंप करना आओ, आओ, आओ, आओ, आओ। बिल्कुल सही और अगर ये अपने पिंजरे से बाहर निकल गए तो इधर उधर जंप करने लगेंगे चिंता मत करो कैसिल हम ध्यान रखेंगे <laughs> ये कितने मजेदार है हम भी मजेदार बन सकते हैं ठीक है जाकी? हाँ। नहीं हाँ। हम नहीं पकड़ पाए। चलो वो रहा केस हमारे बीन जम्पोर्स कहाँ चले गए बीचारी जंपिंग बीन अब तक तो वो कहीं भी हो सकते हैं कहीं भी क्या अब हम उन्हें कभी नहीं देख सकेंगे हम उन्हें ढूंढ लेंगे कैंसिलर फर्नाडो ने हम पर भरोसा किया है वो वहाँ है। हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे मैं एक तरीका जानता हूँ नहीं मेरा मतलब वो, ये हुई ना बात। ये क्या है एक जंपिंग बी नेट मैं उन्हें ऐसे पकड़ूंगा आ? यहाँ आ जाओ लिटिल आओ वापस आओ, गलत रास्ते पे जा रहे हो जल्दी वो कहा गए रेडी, निशाना साधो पकड़ लिया सॉरी नट वो यही तो थे आहा। मुझे दिखाई दिए मुझे दिखाई दिए कल तुम सबका शुक्रिया ओ ओ अब मेरा जंपिंग बीन कैचर तितलियां या बीन्स या बेरीज कुछ भी पकड़ नहीं पाएगा अब हम लोग क्या करेंगे हमें कुछ सोचना पड़ेगा देखो चलो उनका पीछा करो मेरे पास एक आइडिया है ठीक है यही हमारा मौका है और याद रखना हमें चुपचाप आगे बढ़कर उनके नजदीक पहुंचना है ठीक है सब साथ मिलकर चलते हैं। चुप करो बीजी वो फिर से चले जा और वो तेज दौड़ते हैं और वो कूदते भी हैं उन्हें पकड़ने का कोई तो रास्ता जरूर होगा हम पर भरोसा किया है ठीक कह रही है हम कर सकते हैं हम ड्रैगन्स कभी हार नहीं मानते बच्चे भी अच्छा लगा रुको मुझे कुछ सुनाई दिया वहाँ पर हमारे हम हम उन्हें पकड़े कैसे? मैं जानती हूं, हम की करेंगे और उन पर जाएंगे। हमें उनको पिचकाना नहीं है बीजी शायद बीजी का कहना ठीक है अगर हम जम्पिंग बीन्स होने का नाटक करें तो शायद वो हमारे पास आएंगे पर हम जम्पिंग बीन्स जैसे लगते नहीं हैं। हाँ हम बहुत बड़े हैं पर हमारी उंगलिया तो बिल्कुल सही है और तुम्हारे पास थोड़ा सा पेंट है क्या मेरे पास तुम्हारा लाल तुम्हारा पीला और तुम्हारा हरा रंग है ठीक है तो अब हम ऐसा करते हैं हाय मैं भी खेलू या नीचे आ जाओ मुझे ऊपर चढ़ने में डर लगता है लगता है वो अपने घर आकर खुश है अब चलो हमें बीन्स पहुँचानी भी तो है बिल्कुल। स्पेशल डिलीवरी कैसे हो बच्चों? मेरे लिए कुछ लाए हो तो तुम ही तुमने हो ना? तुम बिल्कुल जैसे लगते हो हाँ, मैं उसका जुड़वा भाई हूँ हमें तुम तक इन्हें पहुँचाने के लिए कहा था आ, शुक्रिया मेरे छोटे छोटे जंपिंग बीन्स। ओ, तुम कितने अच्छे लग रहे हो नहीं ठीक है सब जानते हैं जब ड्रैगन बेरी कप केक्स यहाँ है तो जंपिंग बीन्स कहीं नहीं जाएंगे पहले कहना था ना मेरे पास तो ये केक पहले से ही था मैं चाहू, मैं, मैं, मैं इस कविता के साथ ये देखो जितना उछलने और कूदने के बाद मैं जरूर एक जंप शॉट भी कर सकूंगा करके दिखाओ ये क्या था एक जंपिंग बीन शॉट।